हाय नमस्कार मैं आप लोगों को फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपको एक कहानी सुना सकूँ और ये कहानी उन लोगों के लिए उन व्यक्तियों के लिए जो जागृत रहता है जो ज़िंदा होते हैं जो जागृत होते हैं जो सोचते नहीं हैं पुरानी बातें जो सोचते नहीं हैं आगे की बातें क्योंकि परेशानियों का हल वो ही निकाल पाता है जो जागृत होता है तो इस कहानी को सुनने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो कहानी इस तरीके की है कि कहानी में एक राज्य होता है उसके पास एक किसान होता है किसान के पास एक घोड़ा होता है जो घोड़ा हमेशा इतना तेज होता है इतना समझ सॉरी इतना समझदार होता है कि वो जरा सी ही पलक झपकने में हवा से बात करने लगता है और समझदारी का अंश ही होता है कि अपने मालिक को बहुत प्यार और बहुत प्यार करता है बहुत वफादार होता है अपने मालिक के प्रति तो उसके बाद राजा का एक वफ़र आता है कि भाई ये घोड़ा हमें दे दो और जितना मुंह मांगी कीमत चाहे वो ले लो तो किसान हाथ जोड़ के कहता है कि नहीं भाई हमें ये घोड़ा नहीं बेच रहे और अपनी कीमत अपने पास रखी है गाँव वाले आते हैं कुछ लोग होते हैं ना कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो फ्री की एडवाइस देने आ जाते हैं तो उस समय फिर एक एडवाइस आ जाती है गाँव वाले अरे क्यों नहीं बेचते रहो बेच दो मुँह मांगी कीमत ले लो लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई हमें नहीं बेच रहा है हमारा चीज़ हमें नहीं बेचना है हमें ऐसा रहना तो कुछ समय बाद क्या होता गया है कि वो घोड़ा उस किसान के हाथ से भाग जाता है और फिर अब फिर ये एडवाइस देने वाले फिर उसके घर आ जाते हैं कहते हैं कि देखा हमने तो कहा था तुमसे तुम्हारा घोड़ा भाग जाएगा भाई अब भाग गया हो गया तुम्हें नुकसान तो वो कहता है भाई तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है जाओ अपने घर जाओ नुकसान हो गया हो गया आएगा आएगा भाग गया, भाग गया। ना तो इसमें इसमें तुम्हें तुम्हें से कौन में एडवाइस मांग रहा है तो फिर वो घमाले अपने घर चले जाते हैं तो कुछ समय बाद काफ़ी समय बेचने के बाद वो घोड़ा वापस आता है और अपने साथ 20 घोड़ों को लेके आता है वैसे ही जो हवा से बात कर सकें जो उतने ही समझदार हो जो उतने ही कामयाब हों फिर गांव वाले वो फ्री की एडवाइस वाले फिर आ जाते हैं और कहते हैं तो देखा हम तो जानते ही थे तुम बहुत चालाक आदमी हो कुछ कुछ कांड करवाने तुमने भेजा होगा सबके सब वापस आ गए देखो अब तो, तो तुम्हें बहुत फ़ायदा भेज दो फिर राजा को भेज दो तो कहता नहीं भाई हमने नहीं बेचना है तो उन घोड़ों को उनका जो किसान का लड़का होता है वो अक्सर ट्रेन करा रहा होता है तो इतने में ऐसा ही होता है कि एक बार ट्रेन कराते समय समय उस किसान के लड़के के दोनों पैर घोड़े से गिर के टूट जाते हैं तो फिर वो फ्री की एडवाइस देने वाले जाते कि भाई हो गया नुकसान भाई आप तो ये घोड़ों को बेच दो तो तुम्हारे लड़के के पैर टूट गए हम नहीं बेचेंगे तब भी वो अपनी अपनी इसमें है कि नहीं भाई हम नहीं बेचेंगे हो गया तुमसे कौन एडवाइस मांग तो इतना कहने के बाद उस देश उस राज्य पर एक अन्यत्र राज्य ने आक्रमण कर दिया होता है अब जब उस अनंत्र राज्य ने उसके दूसरे राज्य ने उस पर आक्रमण कर दिया होता है तो सारे वहा उस के जितने लड़के होते हैं वो युद्ध के लिए तैयार होकर उनको राजा बुलाता है और सब युद्ध के लिए जाते हैं सिर्फ किसान का बच्चा बच जाता है कि वो इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि उसके दोनों पैर टूट चुके होते हैं तो कहने की बात ये है कि देखिए आगे वो बढ़ता है जो समय के साथ चलता है जो आज की बातें सोचता है जो आज के लिए जीता है आगे वो कभी नहीं बढ़ता है जो पीछे के लिए सोचता है पीछे जो हुआ था तो हुआ था पीछे कोई कह देगा कि मेरा बाप गवर्नर था तो था भाई अब नहीं है वो था अब नहीं है अब आपको करना है आपको जीना है समय अब आपका है आपके लिए करना था आपको अपने हिसाब से जीना पड़ेगा पीछे जो हुआ था हुआ भाई मेरे संग वो हैपनिंग हुई अब नहीं हुई है अभी मैंने फ्यूचर क्रिएट करना है मैंने आगे के लिए नहीं अभी के लिए जीना है मैं जीवंगा आज तो मेरा परिवार जिएगा मैं जीऊंगा आज तो मेरे माँ बाप जियेंगे मैं जीऊँगा आज तो मुझसे जुड़े लोग जिएंगे। मैं कल के लिए भी नहीं सोचूंगा कल के लोग जो सोचते हैं वो कुछ कर लेंगे कुछ बहुत कर लेंगे वो लोग जो कल के लिए सोचते हैं जो ये सोचते हैं कि फ्यूचर में मैं ये करूंगा हो सकता है वो फ्यूचर में वहां तक ना पहुंचे थोड़ा नीचे आए थोड़ा तो हासिल करेगा लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें अपने कल को सुधारने के लिए हमें अपने आज को सुधारना पड़ेगा हमें आज आज के लिए देखना पड़ेगा कि हम आज क्या कर सकते हैं आज क्या करते हैं तो किसान इसमें वही एग्जांपल है जो वो अपने आज को देख रहा था वो अपने कल के लिए नहीं सोच रहा था वो अपना आज बेहतर बनाने में लगा हुआ था जिस व्यक्ति का आज बेहतर होगा उसका यकीन कल बेहतर होगा ये बात याद रखेगा इसलिए हमेशा जागते रहिए भविष्य में होने वाली या बीते पल में हुई भी घटनाओं को सोचना और उनको सोचकर जीवन को बर्बाद कर देना ये कोई समझदारी नहीं समझदारी इसमें कि भविष्य में बीती हुई पल में हुई घटनाएं और भविष्य में होने वाली घटनाओं को सोच बंद कर दीजिए सोचिए और करिए वही जो आज से हो सकता है जो आप आज बदल सकते हैं धन्यवाद